जी नमस्कार स्वागत अभिनंदन आपका एस्ट्रोविद आशीष के डेली राशिफल में आज जानेंगे क्या रहेगा 10 नवंबर का हाल दिन रविवार रहेगा आशीष जी हमारे साथ हैं लेकिन उन सबके पहले आशीष जी ने जो करीब आठ से एक साल पहले भविष्यवाणी की थी भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या के मामले पर कि क्या होगा और उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया था जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है के वहाँ पर बनेगा तो राम मंदिर ही इसकी भविष्यवाणी स्पष्ट इस रूप से इतने शब्दों में आशीष सर ने बहुत पहले कर दी थी तो आज आशीष जिसे जानेंगे अपना राशिफल की 10 नवंबर का मे से लेकर मीन राशियों तक क्या रहेगा और राम मंदिर के बारे में भी और कोर्ट का भी जो डिसीजन आया है उसका भी हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे तो आशीष जी जी सबसे पहले तो राम रामेती रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान में ही विधि हो नाथ हित मोरा करह सुगी दास मैं तोरा आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट का आया है और चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है विशेष जो, जो पीठ बैठी थी जी, इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गए डेढ़ वर्ष पूर्व हमने अपने कम्युनिटी टैब में भी डाला था और राशिफल के वीडियो में भी हमने बताया था जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये भली पता है लेकिन यदि आपको अभी भी यकीन नहीं है तो आप जाइए कम्युनिटी टाइप में और थोड़ा सा अपनी उंगलियों को दर्द दीजिए स्क्रॉल करिए और उसके बाद देखिए कि कि हमने हमने भविष्यवाणी की थी लिखा था था मार्च 2019 से से मंदिर का लगभग निर्माण कार्य शुरू होगा लेकिन उसमें कुछ आ गया मध्यस्थता वाला जनवरी ट किया और अगस्त में फिर मामला शुरू हुआ और सोलह अक्टूबर तक कोर्ट ने अपना फैसला था और शिवम जी एक चीज़ बताना चाहेंगे देखिए कि जो भी फैसला आया है इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए इसके साथ साथ दर्शकों दस नवंबर का दैनिक राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के जो है राशियों के लिए क्या कुछ लेके आया है हमारे जो दो भाग्यशाली विजेता हैं क्योंकि इस चैनल पर अब हमने क्या किया है कि हर एक दर्शक इस वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं सब्सक्राइब किए हैं बेलाइकन और अपना कीमती समय देते हैं तो उनके लिए भी कुछ खास होना चाहिए तो हमने नई शुरुआत की है कि प्रतिदिन दो भाग्यशाली भी जिताओ का हम चयन करते हैं और उनके बात नहीं बात नहीं करना है इस मतलब जो है उनकी कुंडली के जो तो, वो डिटेल देंगे उनके माध्यम से हम अपने वीडियो के माध्यम से उनको रेमिडीज वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो ये एक नई शुरुआत की यदि आप भी चाहते हैं आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करें तो सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज मस्ट है आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा क्योंकि अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी है तो आप लक्की विजेता नहीं हो सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना है इस वीडियो को जमकर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए तो दर्शकों चलते हैं पहले हम अपने जो है पंचांग की ओर और, और पंचांग पर चल, चलने से पहले जो है शिवम जी आ, क्या कुछ था इस राम मंदिर के बारे में आशीष जी और क्यूँकी आपका एक चैनल राजनीति से जुड़ा हुआ है तो कुछ आप इस पर प्रकाश किया विषय में ऐसा था कि जो 30 सितंबर 2010 हजार दस का हाईकोर्ट का जजमेंट आया था उसमें उन्होंने तीन पक्षकारों को जिसमें रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वफ बोल्ड था उसको दो दशमलव सात सात एकड़ की जो जमीन है वो तीन हिस्सों में बांट के दे दी थी और उसमें भी मुख्य गुम्बद जिसको गर्भगृह कहा जाता है जहाँ माना जाता है कि प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था वहाँ का जन्म हुआ था वो रामलला विराजमान को दी गई थी लेकिन हाई आ, सुप्रीम कोर्ट के माफ करिएगा नए निर्णय में स्पष्ट रूप से सबसे पहले जो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में मामला था तो वो शिया वक्फ बोर्ड के मामले को उन्होंने खारिज कर दिया फिर निर्मोही अखाड़े के भी मामले को खारिज किया और रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड और इसमें खास बात जानने लायक ये है कि रामलला को उन्होंने एक कानूनी वैधानिक व्यक्ति माना है जो एक पूर्व सरकार में एक याचिका दायर करके कहा गया था कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है उस चीज को कोर्ट ने अपने पूरे निर्णय में नकार दिया और भगवान राम लला है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और यह भी कहा है कि जो मस्जिद थी ये समझने लायक बात है वो किसी वैकेंट लैंड पे मतलब किसी साफ भूमि पे किसी ऐसी भूमि पर नहीं बनी थी जहां पर पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था कोर्ट ने माना है कि वहां बारहवीं सदी में एक मंदिर था और पंद्रह से लेके अठारह छप्पन तक वहां पर मुस्लिम जो आस्था विधान है नमाज सलाह उसको आप जो कहें वो उसके सबूत नहीं मिलते हैं और जो हिंदुओं का सबसे उन्होंने ताजा उदाहरण लिया एक बुक है मीनाक्षी जयंती की द बै, बैटल फॉर रामा केस ऑफ अयोध्या उन्होंने बहुत अच्छे प्रमाणों के साथ इसमें वो किया है तो ये इसमें बाकायदा सबूत के साथ लिखती हैं कि अट्ठारह सौ नवंबर में पहला ऐसा स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट है थानेदार का कि उस उसके अंदर ये देखिए ये आप देख सकते हैं थानेदार का ये डॉक्यूमेंट है कि उसके अंदर ये पूजा होती रही थी और बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो कन्फ्लिक्ट कम करने के लिए, डालने के हाँ उसमें बीच में रे, रेलिंग रेलिंग लगवाई और साफ रूप से जो ये भी कहा है कि जो उसके नीचे से आपका आ, मिले हुए हैं प्रमाण मिले जैसे एक ए, इस बुक में एक और है ये त्रेता का ठाकुर इन्क्रिप्शन का है ये बारहवीं तेरहवीं सदी का इसमें साफ साफ रूप से बताया गया है इसमें इस तरफ इसका पूरा अनुवाद है आप चाहेंगे तो मैं इसका फोटो लेके आपको दे दूंगा डॉक्यूमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में इसमें भी इन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि वहाँ पर भगवान राम का जो मंदिर था इचुआकूवंश जिसमें जैन बौद्ध और सनातन ये तीनों के क्षत्रिय कुलाते हैं उन तीनों का वहीं पे साकेत जो कहते हैं जी जी और रही आस्था की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत पुराण का भी सहारा, सहारा लिया है लिया और है। माना है कि हाँ ये जो ग्रंथ हैं इसमें भी प्रभु राम का उल्लेख है विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लिया है और उस आधार पे अपना एक फैसला दिया चलिए पंचांग की ओर चलते है आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर संबत्त उन्नीस शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी तिथि रहेगी त्रियोदशी तिथि होती है दर्शकों जो इस तिथि में बैगन नहीं खाना चाहिए शास्त्रों में मनाही होती है कि त्रयोदशी को बैगन और चतुर्दशी को शहद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह शास्त्र सम्मत नहीं है इसके साथ साथ दर्शकों दिन रहेगा रविवार क्योंकि पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बनता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण सूर्योदय होगा होगा प्रातः पर हो कर, पर सूर्यास्त शाम को को दर्शकों नक्षत्र रहेगा रेवती बुद्ध का नक्षत्र इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र रहेगा योग रहेगा व्रज इसके उपरांत सिद्धि योग रहेगा करण रहेगा तैदिल इसके उपरांत गर और अंतिम करण रहेगा यह रहेगा वरिज इसके साथ साथ दर्शकों आज का जो दिशा सूल रहेगा रविवार का दिशा सूर पश्चिम दिशा की ओर रहता है पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा पान का सेवन कर सकते हैं घी खा सकते हैं गुड़ खा करके पानी पी करके पहले पूर्व दिशा की ओर चार पक चलिए तदउपरांत आपको पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करनी है और आज का जो अमृत काल रहेगा जिसमें शुभ कार्य होंगे चूंकि शुभ कार्य ही हो रहे हैं समझे शिवम जीत और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कह दिया कि प्रविष्ठ नगर की जाए जय सबका हृदयराग कौलपुर राजा तो अब अग... सरकार के पाले में गेंद डाल दी हाँ, और महीना तो चार बजकर सत्ताईस मिनट के बीच रहेगा आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं अभी की बात करें तो प्रातः ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट से लेकर बारह बजकर बारह मिनट तक का रहेगा दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे की राहुकाल राहु काल का जो समय रहेगा ये दोपहर तीन बजकर तिरपन मिनट से लेकर के पाँच बजकर चौदह मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग आ, बेसिकली पंचांग पांच अंगों पर जो है निर्भर होता है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण इन इनमें से यदि कोई भी एक अंग की कमी है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है दर्शकों जो सूर्य देव हैं, अपनी नीच राशी, राशी है अपनी नीचे राशि तुला राशि में चलायेमान है चंद्रदेव जो रहेंगे ये शाम को पांच बजकर बीस मिनट तक तो मीन राशि में रहेंगे तदउपरांत मेष राशि में ये संचरण करेंगे तो भाग्यशाली विजेताए हमारे जो इस चैनल पर चुने गए हैं उनके नाम की घोषणा अभी हम वृषभ राशि के राशिफल के बाद करेंगे और उनकी कुंडली के बारे में जो उनके प्रश्न है वो हम बताएंगे आप लोग बने रहिएगा फटा फटाफट लाइक कीजिए आप भी भाग्यशाली जो है उन विजेताओं में हो सकते हैं करना आपको सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर करिए बस छोटा सा ये काम आपको करना है राम काज सब करियहूँ तुम्बल बुद्धि विधान आशीष दई सो हरिश्चले हनुमान तो दर्शकों आप लोग भी जो है काम करिए इसको जो है वीडियो को आप लोग जो है जमकर शेयर करिए तो शिवम जी पहली हमारी राशि जो आती है ये आती है मेष राशि हमको लगता है आपको ज्योतिष के बारे में उतनी जानकारी अभी नहीं, नहीं है।, है तो शिवम जी जी जी मेष राशि पर चलते हैं मेष राशि के जातकों का हाल क्या रहेगा लेकिन चलने से पहले एक चौपाई है कि अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बरजु पावनी हो ही सगुन सुब विविध विज ही गगन निसान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान बुलि शिवा शिव पर रामचंद्र की जय तो दर्शकों मेष राशि के जो आज जातक रहेंगे इनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है देखिए आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा आज का दिन दूसरों की सेवा सत्कार में आपका जाएगा आज धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं कुछ नए लोगों से आज, आज आपकी मुलाकात होगी शुभ कार्यों में आज आपको मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है कुछ काम आगे चल करके आपके जो है लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे कोई नए कार्य की शुरुआत मेष राशि के जाता आज कर सकते हैं आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ अच्छी होगी और आज जीवन साथी के साथ आप कहीं मूवी वगैरह देखने घूमने फिरने जा सकते हैं आज आपका पैसा कुछ शॉपिंग पर खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए जो है रविवार दिन रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अगली राशि जो आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा आज आपका दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के लिए अनुकूल है नियमित व्यायाम करने से आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा उनके साथ कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं खास करके वृषभ राशि के हैं तो आज स्टूडेंट्स को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे तो वृषभ राशि के जातकों उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा आज नारायण कवच का पाठ करिए सूर्य के प्रकाश में 10 मिनट आज आपको समय व्यतीत करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो तो दर्शकों मिथुन राशि पर आगे बढ़े जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दो भाग्यशाली विजेताओं के नाम की आज हम घोषणा करेंगे तो हमारे जो पहले लकी विजेता हैं ये विपिन कुमार मिश्रा जी हैं बेसिकली मधुवनी से हैं बिहार से हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है पंद्रह नौ उन्नीस है एक बजकर अट्ठारह मिनट प्रातःकाल इनका जन्म हुआ था मधुवनी में हुआ था इनका जो प्रश्न है ये पूछते हैं कि पंडित जी मेरी राशि क्या है मेरा लग्न क्या है और इनको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना जो है पड़ रहा है तो इसके लिए इन्होंने उपाय पूछा है तो बिपिन जी आप बिल्कुल ही जुड़े रहिए और फटाफट देखिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को तो देखिए आपकी जो राशि बनती है ये वृश्चिक राशि है कर्क लग्न की आपकी कुंडली है चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए हैं और जो आपका प्रश्न है कि आपको इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम रह रही है तो देखिए इस समय जो आपकी महादशा चल रही है ये लग्नेश की दशा चल रही लग्नेश इस समय नीच के हैं और जो इनकम के लॉर्ड वीनस बनते हैं ये केतु के साथ पीड़ित हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा विपिन जी की आप पूर्णिमा का व्रत रखिए उपवास करिए प्रतिदिन कनक धारा स्त्रोत का श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ करिए अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मिथुन राशि पर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है फिर हम दूसरे जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं इनके बारे में हम जो है नाम की घोषणा करेंगे तो जो हमारे जो है अगली राशि आती, आती है मिथुन राशि मिथुन राशि के जात आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहेगा कोई करीबी मित्र आज आपसे आपके घर मिलने आ सकता है आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूरा हो सकता है आपका आर्थिक पक्ष पहले के अपेक्षा बेहतर रहेगा माता पिता का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा आज आप जीवन में में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे आपको संतान सुख की समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़ करके इक्कीस बार जरूर पढ़े आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा कर्क राशि के जातकों को आज का राशिफल क्या कहता है फटाफट देखिए चल रहे थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा होगा क्योंकि बात ही ऐसी है और देखिए हरियाणा चुनाव के बारे में भी जो हमने बताया था हरियाणा तो, हाँ, महरा, बनेंगे वही देखिए फिर से जो है, मतलब जो है, आ, क्या कहते हैं तोड़ देखें हमने एक सौ पांच सीटों के बारे में भविष्य की थी एग्जैक्ट एक सौ पांच सीटें आई थी और मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी हमने बताया था की तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बने मुख्यमंत्री चैनल पर जाकर के के आप लोग देख सकते सकते हैं हैं आज आपके मन में नए नए विचार आ आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती आपको अपनी वाणी पर संयम बरतने की आज सितारे सलाह दे रहे हैं बड़े बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आज सुनी सुनाई बातों पर जो है भरोसा मत करिएगा जब तक आप खुद ना करें और कोई फैसला मत लीजिएगा आज वहां आज चलाइएगा कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में आपको सवा किलो काली उड़द का दान करना रहेगा और नारायण कवच का, का आपको पाठ करना रहेगा आपकी सभी परेशानियों का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार सिंह राशि पर दर्शकों आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जात को आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा आज आपके जो है पड़ोसियों के बीच आपके कार्यों की तारीफ होगी आज आपके कार्यक्षेत्र में जमकर आपकी प्रशंसा होगी उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है आज आपको खुशी मिलेगी लेकिन आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग सकती है आज आपको अपनी राज की बातें किसी दूसरों से शेयर नहीं करनी है बचना है उपाय शाम को जो है घर वालों के साथ समय बिताने की कोशिश करें मन आज आपका प्रसन्न रहेगा आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि की भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके तीन बार आदित्य हृदय स्रोत का बात करिए और भगवान भास्कर को आज आपको अर्घ दे करके प्रणाम करना सूर्य नमस्कार करना रहेगा कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके जरूर निकलिएगा तो शिवम जी, और क्या खास है इस फैसले में इस जजमेंट में और आगे की अब क्या रूपरेखा होगी हमने तो डेढ़ वर्ष पूर्व बताया था अब आप बताइए कि क्या क्या इसमें हो सकता है देखिए आशीष जी इसमें खास बात यह है फैसला तो खैर जो है सब सामने ही है इसमें एक जो हम इतिहास के नज़र से बात करें तो जो लेफ्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने बहुत एक नेगेटिव रोल उसमें किया था उनका कहना यह था कि जो राम भगवान राम की जो पूजा है वो बामुश्किल सत्रहवीं या अठारहवीं सदी का कॉन्सेप्ट है तो मैं इसके जवाब में दशरथ दशरथ जातक हो वाल्मीकि रामायण हो जैन रामायण हो या ऐसे कितने हर्माष्टक हो जितने भी ग्रंथों इसका या स्कंद पुराण हो श्रीमद् भागवत पुराण हो जे, उसका जे, हवाला तो बाद में मैं बारहवीं सदी के दो ऐसे शिला लेख हैं एक रायपुर के राजा रायपुर छत्तीसगढ़ में जो भगवान राम की ननिहाल भी मानी जाती है हाँ वहाँ के वो उनका ननिहाल था रायपुर का एक इंक्रिप्शन है ग्यारह का उसमें राम पूजा का उल्लेख है और दूसरा मलय सिम्भा त्रिपुरा त्रिपुरी के ये राजा थे ग्यारह का शिला लेख है उसमें भगवान राम की पूजा का इंस्क्रिप्शन है तो जो लेफ्ट हिस्टोरियन का कहना ये था कि सत्रहवीं या अठारहवीं सदी में भगवान राम की पूजा शुरू हुई ये पूरी तरीके से फैक्ट को तोड़ना मरोड़ना और एक संप्रदाय की आस्था विशेष पर ठोस करने वाला वो कदम था तो ये इन चीज़ों से हिस्टोरियंस को भी बचना चाहिए कि जो चीज़ें आप तो किसी समाज को इस हद तक मत दबाइए या दीवार से मत लगाइए कि वहाँ से रेबेडिया से पैदा हो तो जो हमारे दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है ममता शर्मा जी तो ममता जी कन्या राशि के बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो चलते हैं कन्या राशि की ओर तो कन्या राशि के जात को आज आप किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ अलग करेंगे आज आपका दिन फेवर में होगा आपको अच्छा लगेगा आज आसपास के लोग आपके जो है क्या कहते हैं कार्य की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे अचानक धन लाभ होने से आज आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा और हो भी क्यों ना क्योंकि धन ऐसी चीज ही है इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में मिठास आएगी व्यापार में अचानक आपके जो धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे आज दांपत्य संबंध भी आपके बहुत ज्यादा मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज गाय को आपको गुड़ खिलाना रहेगा और भगवान भोलेनाथ पर जल में गुड़ डाल करके शिवाय पंचाक्षर मंत्र है इससे अभिषेक करना होगा तो ममता शर्मा जी ममता शर्मा जी बेसिकली जम्मू से इनका प्रश्न है कि जो है इनके बच्चे की एजुकेशन को लेकर के इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2014 है सुबह सात बज के मिनट है इनका प्रश्न है कि हमारे बच्चे की राशि क्या है और एजुकेशन क्या जो है रहेगा तो देखिए आपके बच्चे की जो लग्न है ये मेष लग्न की कुंडली और जो राशि बनती है ये कुंभ बनती है और आपके जो आपका जो प्रश्न है कि हमारे बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी तो देखिए आपके बच्चे की एजुकेशन एवरेज रहेगी ना बहुत ज़्यादा खराब होगी ना बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जो आपके पंचमेश बनते हैं सूर्य ये द्वादश भाव में चले गए हुए हैं और बताना चाहेंगे इस समय जो आपके बच्चे की दशा चल रही है ये राहु की दशा चल रही है बेसिकली राहु की दशा है और अभी राहु में जो है शनि का अंतर चल रहा है 2021 तक इसके बाद फिर बुद्ध का आएगा केतु का आएगा और शुक्र का आएगा तो बच्चे की पढ़ाई एवरेज रहेगी आगे चल करके जो आपका बच्चा है ये गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छे पद पर जा सकता है कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं होंगे तो कोशिश अभी से ये कराइए कि प्रतिदिन उगते सूर्य के दर्शन इस बच्चे कराइए क्योंकि जो बनते हैं इनके सूर्य बनते हैं तो इनके सूर्य को थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्रांग करिए तो सूर को पिता के पैर छु करके आशीर्वाद ले इसके साथ साथ गेहूं का गुड़ का आ, जो है दान जरुरतमंदों को भी देखिए आप करा सकते हैं और आदित्य हृदय का यदि पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो तुला राशि की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि आज क्या कुछ रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए खास तुला राशि के जातकों आज आपका दिन बेसिकली सामान्य रहेगा पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो सकता है कोई मित्र आज, आज आपसे मिलने घर पर आ सकता है मित्र से अपनी निजी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं मन का बोझ कुछ हल्का होगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी आज, आज आपको अपने गुस्से पर क्रोध पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपकी किसी से बहस हो सकती है आज वाहन सावधानीपूर्वक चलाइएगा धीरे धीरे आपके सभी काम बनेंगे और आज उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गाय को गेहूं और गुड़ मिक्स करके आप खिलाईए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा वृश्चिक राशि पर आगे बढ़ते हैं लेकिन शिवम जी कुछ और भी चीजें आज आप बताइए एक चीज है पंडित जी इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अपने फैसले का आधार बनाया है वो है एविडेंस उन्होंने कहा है कि हम भावना के आधार पर फैसला नहीं दे रहे हैं दे। और एविडेंस में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए का जो सन दो में जो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सौंपी थी उसका क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल पूरा लेकर पूरा पुरातात्विक सर्वेक्षण करके उसके आधार पे भी उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें तीन मुख्य चीजें हैं एक वहाँ पे चौदह खंभे मिले हैं जो स्पष्ट रूप से उसपे जो कलाकृतियाँ बनी हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है जिसमें एक प्रमुख कलाकृति भगवान वराह की है जो धरती को बचाते हुए दिखाए गए हैं जो स्वाभाविक रूप से एक इनकारनेशन है अवतार है और एक उसमें त्रेता का ठाकुर इंक्रिप्शन और एक विष्णु का हरि इनक्रिप्शन ये दो जो शिलालेख मिले हैं उसपे स्पष्ट रूप से अंकित है कि यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था और प्रोफेसर बी लाल जिन्होंने 1975 से 1980 के बीच में यहाँ का सर्वे किया था वो अड़सठ उन्नीस तो सौ से बहत्तर तक इसके हेड भी रहे उनका भी कहना है कि जो वहाँ पे कलाकृतियाँ या वो जो जो जो चीज़ें मिली हैं और जो उन्होंने तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री ये थे नहीं नहीं नरसिंह राव जो थे इनको भी बताया था ब्रीफ किया था कि हाँ वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि वहाँ पर भाई पहले से एक स्ट्रक्चर था और उन सबसे इतर एक पंडित जी आपसे प्रश्न है कि क्या खास कारण है कि इस 9 नवंबर को फैसला आया क्या कुछ इसके पीछे भी ज्योतिषीय परिपेक्ष्य क्या कुछ है आप हमसे बात कर रहे हैं आप भोजन कर रहे हैं आप इस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं आप सांस ले रहे हैं हर चीज में एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष है अब आप पूछेंगे कैसे ये फैसला क्यों इस पीरियड में आया पहले क्यों नहीं आया इतना लंबा मामला और कोई भी जो है भविष्यवाणी करने से हाथ डालने से डरता क्योंकि तो तो उनकी प्रोडिक्शन गलत हो जाए तो क्यूँकि तो विवादित मामला था इसमें किसी को नहीं लगता था कोई फैसला आएगा जो है सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बताए केतु जब ट्रांजिट किए थे धनुराशि में आए थे उसके बाद शनि का ट्रांजिट धनुराशि में और अगेन अभी पाँच नवंबर को बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ है जुपिटर जो है वृश्चिक राशि से धनुराशि में आए हैं काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो नौ नंबर होता है वो धर्म का होता है वो आपकी आस्था का होता है वो आपके भाग्य का होता है तो काल पुरुष की भी कुंडली से देखें तो जुपीटर का जो गोचर हुआ है ये भाग्य के घर में हुआ है धर्म के घर में हुआ है तो भारत के परिपेक्ष में यदि आप देखेंगे तो धर्म की मूर्तिमान भगवान श्री राम धर्म की विजय होगी लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही थी जैसे जुपिटर अपने राशि में आए और अगेन केतु केतु का भी जो नेचर है ये गुरु जैसा है केतु ध्वज पताका है ज्योतिष शास्त्र में जो ध्वज होता है झंडा होता है अब देखते होंगे जो महामंडलेश्वर लोग लेके चलते हैं चाहे रामभद्राचार्य जी हो चाहे क्या कहते हैं ये पुरी के शंकराचार्य जी हो तो ये लोग जो ले करके चलते हैं तो ये केतु है ध्वज पताका का मतलब होता है केतु केतु तो केतु का और गुरु का साथ मिल गया ऊपर से न्याय के रूलिंग प्लेनेट शनि सैटन पहले से है और जो ये फैसला आया है नौ तारीख को आया है भगवान राम का जब जन्म हुआ था ना तो नौमी तिथि नौ का जो चक्कर चल रहा है तो इंसाफ तो हुआ है देखिए और जो सट, सटरडे दिन होता है बेसिकली शनिवार को कोर्ट डिसीजन नहीं, नहीं देती है अवकाश हाँ अवकाश रहता है तो शनिवार वाले दिन आया है शनि जो मतलब जो है ग्रह है ये न्याय के प्लैनिट है इनका जो नेचर है ये न्याय का है और जो अदालत हैं सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो जो जज बैठे हैं जो अधिवक्ता बैठे हैं इन सभी पर देखिए देव का अधिपत्य है तो शनि देव ने भी अब बहुत कहा कि ए, क्या कहते हैं बहुत अब अन्याय हो गया अब न्याय होगा तो न्याय हुआ तो ज्योतिष का यही एक रीजन है जुपिटर का मेन था ट्रांजिट होना एक चीज़ और बताते अभी काम नहीं चलेगा काम हमने जो बताया था मार्च के बाद और पंडित जी ये जो ए की रिपोर्ट है जी ये करीब चार साढ़े चार हज़ार पन्नों की रिपोर्ट है जजमेंट ही एक हजार एक हजार पन्नों का तो जजमेंट आया, आया है पूरा है पूरा लोगों के पास है लेकिन उसको वृश्चिक तो राशि पर चलते हैं क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है और वृश्चिक राशि के जातकों आज आपको किसी काम में आपके जीवन साथी की मदद मिलेगी आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा दांपत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा परिवार में सुख सुखद वातावरण रहेगा कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है खास करके वृश्चिक राशि के हैं कोई छात्र है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी आर्थिक आर्थिक क्षेत्र में आज आज आज आपकी स्थिरता बनी रहेगी। आपका पक्ष मजबूत होगा उपाय के तो पर करना क्या रहेगा? तो कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को, का तो तो को पोषण कर जोई पाठ करिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक धनु राशि की ओर चलते हैं धनु राशि के जातकों आज का दिन शानदार जानदार रहने वाला है कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं किसी मित्र से सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा आज कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी खासियत को पहचानेगा आज आप पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल रहेंगे शाम को बच्चों के साथ आज आपका अच्छा समय बीतेगा कई दिनों से रुके हुए कार्य आज आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ आज आपकी कुल मिलाकर के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण लेकिन आपके तो आज आपके अंदर आलस ंड का दिन अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा नौ कैप्री कौन? मकर राशि लेकिन फटाफट आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए मेष राशि का का दिसंबर माह राशिफल नवंबर माह का राशिफल दोनों पढ़ा है वृषभ राशि का नवंबर दिसंबर माह का पढ़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो मकर राशि के जातको आज अपने पारिवारिक जीवन में ऑफिस की समस्याओं को जो है शामिल करने से आपको बचना होगा खास करके इस राशि के लबमेट अपने रूठे साथी को मना सकते हैं आज आप उन्हें एक अच्छी सी जो है कोई आ, क्या कहते हैं वॉच घड़ी जरूर गिफ्ट करिए तो बहुत अच्छा रहेगा आज आपको बहुत ज़रूरी काम निपटाने पड़े कारोबार से जुड़ी कोई बात आज, आज आपको परेशान कर सकती है किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आज आपका समय बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है कारोबार में लाभ होगा लेकिन आज, आज आपको धन किसी को उधार नहीं देना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गेहूँ का धान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा और सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना रहेगा कुंभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले शिवम जी से कुछ और टिप्पण लेते हैं शिवम जी इस मंदिर के फैसले के बारे में और बताइए एक चीज़ सुनने में आई थी हमको कि कुछ लोगों ने बराह की मूर्ति को लेकर के जो है बोला था ये तो खिलौना है शायद हाँ इसमें ऐसा था कि भगवान बराह की मूर्ति मिली थी और प्रोपोगेंडा करने वालों का प्रोपोगेंडा ये देखिए कि सेम तरह की एक मूर्ति हम्पी जो कि कर्नाटक में है और वो भी रामायण से उसकी बहुत ज़्यादा की बहुत ज़्यादा जुड़ाव है क्योंकि कर्नाटक में माना जाता है कि जो किसकिदा नदेश सुग्रीव हाँ। था उनका पूरा पंपा सरोवर के पास में स्ट्रक्चर था और पूरा वो जो पर्वत था उस पर वो ऋषिमुख पर्वत उस पर उनका आवास था तो उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो वरा मूर्ति और सेम वैसी मूर्ति वहाँ मिली तो वो उसको निगलेक्ट कर रहे थे एक और इसमें आस्पेक्ट प्रिम कोर्ट ने किया है है है है वो ट्रेवलर के जो है, जो अकाउंट यात्रा वृतांत जिसे कहते हैं उसमें एक अंग्रेजी यात्री विलियम विलियम फिंच ये उनका, ये है। हाँ, विलियम फिंच उनका पहले इतिहासकार इतिहासकार भी का उन्होंने एक रिफरेंस उसमें प्रमुख रखा है और एक थॉमस हर्बर्ट है 1606 से छोला के बीच में इन, दोनो, के हाँ, इन दोनों दोनों लोगों ने बाकायदा प्रोफाउंडली कहा है कि जब इन्होंने अयोध्या का विजिट किया तो वहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा एक भव्य उसकी पूजा होती थी डायटी की और जो माना जाता था कि वो किसी का जन्मस्थान है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाता है और सोलह में एक औरंगजेब ने एक अपना आ, मैसिव डिसीजन दिया था जिसके अंदर उसने कहा था कि भारत की जितनी प्रमुख मंदिर हैं जिसमें अयोध्या मथुरा काशी इसको दहा दिया जाए गिरा दिया जाए उसके पहले भी क्योंकि सोलह में ये डिसीजन आया है और सोलह वगैरह में ये जो थॉमस अलवर्ट आए हैं तो इन्होंने माना है कि वहाँ पर एक मंदिर था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से आ, एविदेंस। हाँ एविडेंसों को सामने रखकर तब अपना फैसला इस मामले में दिया है कुंभ राशि की ओर चलते हैं कुंभ राशि के जात उम्मीद करते हैं देखिए आज राशिफल बड़ा इंटरेस्टेड है तो आप लोग भी एक बार कमेंट में लिखिए बड़ा सा जय श्री राम दो अक्षर का नाम है और ये जो नाम है यही भाव से आपको पार लगाएगा तो प्लीज आप सभी लोग लिखिए जय श्री राम कुंभ राशि रहेंगे रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं जिसका लाभ आज आपको जरूर मिलेगा आज आप सबको साथ लेकर के चलने में कामयाब रहेंगे घर वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं पारिवारिक रिश्ते आज के दिन मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान भास्कर को दूध से आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्यु का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे लेकिन आप लोग जान जाइए कि प्रतिदिन दो लक्की जो हमारे विजेता हैं इनके नाम की घोषणा होगी तो आप लोग भी फटाफट लाइक कीजिए अपनी जो है डेट टाइम और प्लेस और अपना क्वेश्चन ये जरूर आप बताइए कि क्या आपके प्रश्न हैं ये अच्छे प्रश्न उनका निराकरण हम नेक्स्ट डे के राशिफल में आपको देंगे मीन राशि के जातकों आज, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा जिस भी काम को आज आप पूरा करना चाहेंगे वो पूरा होगा घर पर कुछ लोग आज आपसे जो है क्या कहते हैं मिलने आ सकते हैं आज किसी पुराने सहपाठी से आपकी मुलाकात हो सकती है आज अपनी ऑफिसली समस्याओं को दूर करने के लिए किसी बुजुर्ग की मदद ले सकते हैं खास करके जो मीन राशि की महिलाएँ हैं ये आज अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान बनेगी आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए का विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप लोग पाठ करिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट लग सकती है इसी शस्त्र से भी चोट लगने का भय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए जी हां तिलक दिन ब्राह्मण का मुख देखने का मतलब है कि आप लोग जो है मतलब चंडाल के साथ दर्शन करना तो तिलक सब लोग जरूर लगाए और खास जो मीन राशि के जातक या जातकाएँ हैं इनको चंदन का तिलक जरूर लगाना रहेगा शुभ पलर भी आज आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि तक आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से और फिर दर्शकों हम बता रहे हैं कि जो है शिवम जी प्रोग्राम का जो है समापन कैसे करें किसी अच्छे अंदाज में देखिए आशीष जी जैसे कि एक वर्ल्ड तो आ गया है फिर कहीं से प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब घड़ी की सुई मथुरा और काशी की तरफ भी घूमेगी तो इसमें एक समझने लायक बात यह है कि मैं बहुत अच्छा तर्क पढ़ रहा था हालांकि अपना अपना वर्ल्डिक्ट है भविष्य में क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं आप भी नहीं जानते हैं लेकिन जो काशी और मथुरा की बात है उसमें समझने लायक ये बात है कि सोलह में जब यहाँ अयोध्या काशी मथुरा के तीनों भव्य मंदिरों को फिर से गिराया गया या जो भी कुछ इतिहास में हुआ तो उसे अहिल्याबाई होलकर जो एक मराठी क्या कहते हैं नेता थी उन्होंने फिर से इसको रिबिल्ड करवाया और जेम्स प्रिंसेप ने 1826 में काशी का तो पूरा डॉक्यूमेंट लिया है कि इसे कैसे तोड़ा गया क्या किया गया तो हालांकि ये एक इतिहास का मामला है अब एक फैसला आ गया है देखते हैं भविष्य में क्या होगा फिर भी आशीष जी ने बात की कि भगवान का नाम लीजिए तो भावसागर से पार होंगे तो भावसागर से समझने का मतलब ये है कि ये कोई अलग सागर नहीं है अटलान्टिक या ओशियन की तरह भाव का मतलब होता है संसार और भाव से उत्पन्न होती है भावना भावना से आती है माया माया से आता है मोह, मोह से आता है बंधन तो कहने का मतलब यह कि भगवान वो है जो आपको संसार बंधनों से अलग रखता हो मुक्त करता हो तो वो एक चीज है। तो सुन सी सत्य अशी से हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी और देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखा दर्शकों एक अंतिम चौपाई के साथ हम विदा लेंगे क्योंकि जाने अनजाने में माया है मायापति की देन है कभी कभी भगवान के प्रति क्रोध आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं हमारी ये चीज़ें नहीं पूरी करते हैं वो नहीं करते हैं तो भगवान से आप क्षमा कैसे मांगे तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने बड़ी ही खूबसूरती से एक चौपाई लिखी है कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो घुराता तो इसी चौपाई के साथ हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर किए होंगे और कमेंट में जय श्री राम आपने जरूर लिखा होगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय श्री राम